जब भी आप लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं तो आपका पूरे का जो पूरा फोकस है वो कोलेस्ट्रोल के ऊपर होता है लेकिन कोलेस्ट्रोल ही आपके खून में एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो ब्लड के अंदर क्लोटिंग को बढ़ाता है या हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है अगर सिर्फ केवल ट्राईग्लेसराइड्स बढ़े हों और आपका कोलेस्ट्रोल बिल्कुल नॉर्मल है तो क्या आपको किसी ख़तरे की बात है या आपको घबराने की जरूरत है या उस पर आपको कोई प्रिकॉशनस लेने की ज़रूरत है देखिए अगर सिर्फ ट्राईग्लेसराइड्स ही बढ़े हैं और अगर आपका कोलेस्ट्रोल नॉर्मल है तो ये भी एक ख़तरे की बात है ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपको आगे आने वाले दिनों में कुछ बीमारियां हो सकती हैं हार्ट अटैक तो उनमें सबसे कॉमन है ही आपकी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज भी हो सकता है अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं मगर उसके साथ साथ आपको ये बताता है कि हो सकता है आप आने वाले दिनों में डायबिटिक हो जाए आपको शुगर का ख़तरा बढ़ जाता है आपको पेनिक्रेटाइटिस यानी कि पेनिक्राज़ पर पे सूजन आने की दिक्कत हो सकती है अगर आपका ट्राइगुलरसाइट्स का लेवल बढ़ा हो उसके अलावा आपको स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और भी कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं जो सिर्फ़ अकेले ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने से हो सकती हैं ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कई बार जैसे बीपी की दवाइयाँ होती हैं बेटापोलोल इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी बढ़ाती हैं कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ भी ट्राई -रेट्स -रेट्स को बढ़ा देते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो खाना खाते हैं वो आपके ट्राई को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है अगर आप रेड बीट खाते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा चिकना भोजन खाते हैं जिनमें सेचूरेटेड फूड्स जिसमें सेचूरेटेड फ़ैट्स का इस्तेमाल किया गया हो आप बाहर का बहुत ज़्यादा भोजन अगर करते हैं आप बर्गर्स खाते हैं पिज्ज़ा खाते हैं या फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये आपके ट्राईग्लेसराइट्स लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और ये फिर आपकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज का कारण बन जाता है और अगर ट्राई और कोलेस्ट्रॉल दोनों एक साथ बढ़े हो तो फिर ये वन प्लस वन मिलकर ग्यारह हो जाते हैं फिर तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको इसको कम करने की ज़रूरत है इसको कम करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना देखिए कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज आप करें ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं उसके साथ साथ खाने पीने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप ड्राई फ्रूट्स नट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करें ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है ट्राई को कंट्रोल करने के लिए बाकी दूसरे जिस तरह की भी चिकनी चीज़ें हैं उनको आपको बंद करना पड़ेगा और सी फूड का बहुत बड़ा रोल है ओमोगा फैटी थ्री एसिड्स बहुत ही इसमें कारगर होते हैं आप दवाई के फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है लेकिन अगर आप फिश या सी फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप से ही ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को या कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम कर सकते हैं इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जैसे स्टेटिस् वगैरह होते हैं बहुत सारे मगर उन सब दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि आप अगर एक तरफ एक दवाई लेंगे तो हो सकता है कुछ दूसरी बीमारी आपको शुरू हो जाएगी तो इसलिए बेहतर है कि आप नेचुरल तरीके से ही अपने कोलेस्ट्रोल को कम करें या ट्राइग्लिसराइड्स को कम करें और बाकी जितने भी रिस्क होते हैं चाहे वो हार्ट अटैक का रिस्क हो स्ट्रोक का रिस्क हो पेनक्रियाज में सूजन आने का रिस्क हो या फिर आपको डायबिटीज़ का ख़तरा हो आने वाले दिनों में इस सबसे अपने आप को आप बड़ी आसानी से बचा सकते हैं तो अगर आप कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप पहली बार आए हैं और बेल बैलैकन का बटन दबाना ना भूलें सो so दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पे मिलते रहें थैंक यू